छोटी छोटी चीज़ों से क्यों परेशान हैं आप जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो अबूझ होती हैं ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनको किस तरह से सुलझाएं जीवन में ग्रहों का बड़ा महत्व होता है तो राहु से संबंधित जो भी परेशानियाँ कई बार आती हैं जैसे कि अचानक से अज्ञात भय लगना या अचानक से तनाव होना या जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो अपने आप को बड़ा थकव सा महसूस करना तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इन्हें को ठीक करने का एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ आप उसका प्रयोग करें निश्चित रूप से आपको लाभ होगा आपको क्या करना है कि जो गौमूत्र होता है हमारे यहाँ जो गौ माता होती हैं उनका जो गौमूत्र होता है मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा फिल्टर्ड आता है आप वो गौमूत्र लीजिए और सुबह सुबह अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा हार्डली कोई बीस ड्रॉप्स आप डाल नहाना शुरू करिए इसको नियमित प्रयोग करना रहेगा आपको और निरंतर प्रयोग से आप ये पाएंगे कि आपको होने वाली ऐसी अचानक दिक्कतें अचानक परेशानियाँ आपकी सारी चीज़ें दूर होंगी और आपको काफ़ी अच्छा और बेहतर महसूस होने लगेगा तो दोबारा से समझ लें इस बात को कि आपको नहाने के पानी में हार्डली 20 ड्रॉप्स गोमूत्र का प्रयोग करना है और रेगुलर इसको करते रहना है आपको थोड़े समय तक कर लेने के बाद में आपको स्वयं ही काफ़ी अच्छा और बेहतर महसूस होगा